आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में दो लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर इन सब कांडों के ऊपर सब ड्रामों के ऊपर रिक्शे वाला बीस मांगे तो तुम तीस दो शैम्पू वाला दो मांगे तो तुम पांच दो बार बार सौ रुपए मांगे तो तुम दो सौ रुपए दो जूते वाला साला पॉलिश करने के पचास मांगे तो तुम सौ दो इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में दो लाख खर्च नहीं होते लेकिन ये दो लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं